प्रदेश भर में भाजपा सरकार द्वारा विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं जिसमें कई विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है वहीं इसी कड़ी में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले में कई विकास कार्यो की सौगात दी है कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को हरदा में 799.14 लाख रूपए की लागत से बनने वाले शासकीय आदर्श महाविद्यालय का भूमि पूजन किया वही इसके बाद पटेल हरदा जिले में चल रही विकास यात्रा में शामिल हुए इस दौरान अब खुद ग्राम पंचायत में सात लाख पचास हजार रूपए की लागत से बने सीसी रोड का लोकार्पण किया गया और ग्राम गडावा नीम जीजा कला में लाडली लक्ष्मी योजना संबल योजना के पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज